ये आ तो

एडवेंचर पार्क और इधर है। बेल है? देखो। ये टायर गेरा, गेरा है तो है।, है पे टायर देखो। ये नेट और ऊपर वगैरह, तो चलिए चलते हैं। रहा है इसमें ये ये जा रहा है। कौन सा हिम्मत है मैं जा रहा

इसके तो गई जी देखू मैं हो चुका है हारनेस लग रही है अभी ये और राइट वाला पैर पे है जैसे रखा उसपे

यहाँ से पूरा पीछे होगा ऐसे से हुआ वो करके आते रहे ठीक है चलो कितना रहा है के अंदर

और ये बच्चे हम जो बना रहे हैं

नाम दिया जाएगा आराम गुड कैसे हैं से जाएगा। हो है तो। आने से अब से से दोनों रोप है जो कमर पकड़ो

एक पांव यानी थोड़ा राइट वाला हां देख देख धरमा जी देखो तो एडवेंचर है दे, प्लेट कहां पे क्या फ्लैग फ्लैग जैसे अभी को रखते हैं हां शो को भी ऐसे प्लेट एकदम छुपा तो दो ऐसे ऐसे हां ये हां प्लेट लगाओगे ना पीछे वाला प्लेट रखो पांव से पैर को बॉडी वेट पूरा पीछे आने दो हां

वाला बड़े बने आ, जंप करके रस्सी पकड़ के रहे ना न

<laughs> Good boy

बड़ा ही बदमाश है जाना अचानक आ गए अंकल आ गए

ये फोटो खींच दे तेरा तुम्हारे फोन से खींचो फोटो रुको

के फोटो निचो बंद कर लिर्सो बना तीर

ये है सिर्फ बाद में डालूंगा बिल पे हम उस पर बात करेंगे एक जगह पर आज एक जगह पर ये किस का होता है अलग-अलग प्लान है कैसे रहती है आप

10 <laughs>

क्या बदल गया इसमें नहीं कर रहा उधार का उधार का नहीं जा ही नहीं रहा है वीडियो की क्योंकि भेजना भी अभी नहीं जाएगा वो समझ चलो ले नेक्स्ट एरिया में आओ बत्ती लगी आदि करो

वीडियो कहा दिख रहा है आ जाओ आज आज आज कुछ है

और भी देखा के कैमरा देखो बिल्कुल है पैर बढाए पैर बढाए पैर बढाओ वेरी गुड पैर धीरे लगे थोड़ा पैर लगा के तो हां आ रहा है मैं चलते धीरे चलते धीरे चलते 120 से

Bur <gülüyor> dekhna <gülüyor> <gülüyor>

<laughs> अभी अभी पकड़ ओके यारज्ज पार कर दिया मनु यार

गया लाने कर दिया <laughs> नहीं होगा ना, ना।

क्यों नहीं हो नहीं होगा तो शर्ट आएगा आएंगे थोड़ा रुक, रुक, रुक के आना पड़ेगा वरना आपके टाइम वो वहाँ पे तो रखेगा फिर दस रुपए वाला भी बनाते हैं

<laughs> सही मैं क्या टाइम <laughs> एक दो दिनों में ले फोटो मम्मी को जाए पचास रुपए का टिकट टिकट जाती नहीं हो गया में जा जा सकती अरे एक मिनट

ऐसे नहीं होना चाहिए चाहिए ऑटोमेटिक सीधा होगा हो

बैठ रखो हाँ आराम से कोई डरने की बात थोड़ा सा चिप, इतना चिपक के बाद चलो थोड़ा सा गैप बनाओ जो आपके चेस्ट वाले वो है ना

गए वाले को नहीं देखा अभी? थोड़ा ऊपर ऊपर है। <laughs> कुछ हो रहा यार। हाथ कर

गुड़ गुड़ जा जाओ जाओ होना है वाला वाला ऊपर <स्थाथ> ना ही कोई दिक्कत नहीं है जा जा करो करो पहले से

जा जा जा जा जा हम तो बहुत है बहुत है विजय कुछ नहीं हो रहा है हाथ पकड़ हारना नहीं है हारना आजा ऐसा तो लड़कियां भी नहीं करती हैं फटाफट जा मेरी आने वाली वो वा भी कुछ मैं भी जाने वाली वो भी फिसल जाएगा सच्ची दया मां पे रस्सी आनी है तो गिरने वाला थोड़ी है स्टील की रस्सी भी है सब गिरने वाला है रस्सी छूट भी जाएगी तो यहीं पे रहेगा नीचे नहीं

जाने वाली हो भी थोड़ा है क्या बात थोड़ा रह गया जितना चला उतना ही रह गया अभी <laughs> तो पाँच मंचिला जाने हैं ये ताया पेरवो रोड में भी तो घुमाते थे कभी जा जा <laughs> मैं भी जाने वाली हूँ भी तेरे से फोटो तक मैं भी तो जाऊँगी कुछ भी हम मम्मी को ही भेज ले उनके लिए भी है तेरे से फोटो तो मैं ज

फोटो <laughs> <laughs> तो है है गुड गुड बना रखा नहीं ना ये कुछ नहीं होने वाला है उसमें सीधे निकल जाते अरे रस्सी पकड़ मत पकड़ो टायर रह गए

हो तो पहुंच <laughs> <थो> गया पहुंच गया और और जाना है इधर देखिएगा ऊपर से मुंडी इधर मत दिखाना जल्दी जंप दियो चीनी हमको दे नहीं अब ये और जाओ जा हां आराम से ये और एक और है एक और एक जंप और

वाली लास्ट तैयारी हुई एक वो जाने जाने 17 दिन और धर्ममा कोने कर दिया है भाई और दोनों आछरो पकड़ो कमर वाली जैसे भैया ने पकड़ी थी कमर वाली न शिवगढ़ हां हां पकड़ पकड़ धर्म पकड़, तो पकड़ के अंदाज़ कर ले <laughs> पकड़ के देख के नहीं बात हां ताऊ सी वापस नहीं आ सकता क्या कर रहे हैं

पकडो पकडो दोनों हाथों से रो पकड़ो पहले फिर पैर फिर कर कर कर लेंगे भी भी भी आलू आलू नहीं आजा आजा आजा आजा आजा से थोड़ा नीचे तक करना पैर को उधर कर लेना उसमें सरल एकदम पांच मिनट लगी इसको ऊपर में

अभी, एक वो पकड़ दो <laughs> अभी अभी अभी मजा पकड़ो ओके <laughs> <Okay यार, okay. laughs> <laughs> गज्ज पार कर दिया इस... तो तो ने तो <laughs> तो यार नहीं नहीं गया तो तो तो सही जाए मैं मैं इसमें इसमें इसमें की सोच रहा

न न तो तो अभी छोटा है और भी भी लग रहा है है है, उसका है तो। क्यों क्यों आज टिकट टिकट कट कट गया तेरा जाता नहीं नहीं नहीं फिर वही वही तो तो लेते हैं <coughs> जाना है वो पर तक तो नहीं। <laughs> वो आएंगे भी साथ में वो तो बताएंगे इसको कैसे करना ना ये होगा होगा नीचे

फिर भी हाथ वो ग्लव पहन के थोड़ा रुक रुक वो रखे आप में हैं फिर। भी तो जी बनाएगा ना क्या भी वाला पचास रुपये में टिकट खाती रखी जाती हूँ नी टिकटी रखे जा हो गया

मैं पूरे में कहां जा सकते हूं अरे जा कुछ नहीं है तो जा जा नीचे का एक मिनट ये हर चीज कर लोगे सुनो आजा सती मैंने भगा दी इतना